कटनी में माधव शाह हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टर ने एमपीएमसी में बिना रजिस्ट्रेशन के ईको की जांच कर दी जिसके बाद इस मामले की शिकायत जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास गई शिकायत मिलने पर मुख्य जिला अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारियों ने माधव शाह हॉस्पिटल में दबिश देते हुए प्रारंभिक रूप से हॉस्पिटल में रखी ईको जांच वाली मशीन को जब्त कर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है हॉस्पिटल में धंधे की बात अब आम हो चुकी है आए दिन हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा की गई बदसलूकी और कालाबाजारी की खबरें सामने आती रहती है ऐसा ही एक मामला सामने आया है माधव शाह हॉस्पिटल से जहां डॉक्टर बलदेव सिंह बिना रजिस्ट्रेशन के ईको की जांच कर रहा था जिसकी शिकायत मिलने पर जिला अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारी जांच के लिए माधव शाह हॉस्पिटल पहुंचे अधिकारियों ने ईको मशीन जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है वहीं इस पूरे मामले आरोप जिला अस्पताल के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी प्रदीप मुड़िया ने बताया की कल उन्हें शिकायत मिली थी की माधव शाह हॉस्पिटल में पदक डॉक्टर बलदेव सिंह बिना रजिस्ट्रेशन के ईको की जाँच कर रहा है इसकी जाँच करने के लिए कलेक्टर की परमिशन भी ली जाती है शिकायत के बाद जिला अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारियों ने माधवशाह हॉस्पिटल में, में।, में रखी वाली मशीन को कर डॉक्टर की बाबा मादाशाह हॉस्पिटल में अनधिकृत तरीके से इको करी जा रही इकोग्राफी होती है इन्वेस्टिगेशन होता है वो करी जा रही है तो मेरा डीएचओ हमारे टीम को भेजा था वहाँ पे एक डॉक्टर साहब है डॉक्टर बलदीप जो है उनके द्वारा